स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एम Knowledge में तो प्यारे भारतीयों आज की क्लास में हम आपसे राजस्थान के किलों से संबंधित पंद्रह ऐसे प्रश्नों को पूछेंगे जो कि दोस्तों बी और राजस्थान की कई अन्य एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ना भूलें चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को का पहला प्रश्न है कावड़ कला किससे संबंधित है कावड़ कला किससे संबंधित है ऑप्शन प्रस्तर शिल्प कास्ट शिल्प मृदा शिल्प या लोहशिल्प तो बताना है आपको कि कावड़ कला किससे संबंधित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कास्ट शिल्प से कावड़ कला संबंधित है ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा प्रश्न है तेलिन का प्रसिद्ध महल स्थित है तेलिन का प्रसिद्ध महल कहाँ स्थित है ऑप्शन लक्ष्मणगढ़ में या कुचामन का किला या नागौर दुर्ग या दोस्तों फतेहपुर दुर्ग में तो प्यारा तो भारतीय जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी फतेहपुर दुर्ग में तेलिन का प्रसिद्ध महल स्थित है ऑप्शन डी को साथियों लौकर लिया जाए तीसरा प्रश्न है जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम है जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम कौन सा है ऑप्शन सुनारगढ़ दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग सुदर्शनगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ जिसे दोस्तों मोर ध्वजगढ़ भी कहते हैं तो उत्तर जल्दी कमेंट करिए साथियों कि जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मयूर ध्वजगढ़ जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का जो अन्य नाम है वो है मयूर ध्वजगढ़ ऑप्शन डी को दोस्तों लॉक कर लिया जाए याद रखना साथियों इसको चौथा प्रश्न है मैगजीन मैगजीन जिसे दोस्तों अकबर का किला भी कहा जाता है वह कहाँ स्थित है ऑप्शन आमेर जयपुर अजमेर या अलवर तो बताना है साथी आपकी कि अकबर का किला कहाँ स्थित है तो दोस्तों इसका सत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर में मैगजीन या दोस्तों अकबर का किला स्थित है याद रखना चाहती इसको ठीक है दोस्तों पांचवा प्रश्न है मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया मेवाड़ में सर्वाधिक का निर्माण करवाया ऑप्शन महाराणा प्रताप ने महाराणा सांगा ने महाराणा कुंभा ने या दोस्तों रावल रतन सिंह ने तो बताना है साथियों कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया तो पैर प्रतिशत तो का सित्र हो जाएगा ऑप्शन सी महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया कहा जाता है कि दोस्तों मेवाड़ में जो चौरासी दुर्ग हैं उनमें से चौरासी दुर्गों में से बत्तीस दुर्गों का निर्माण साथियों अकेले महाराणा कुंभा जी ने करवाया था याद रखना साथियों इसको छठा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है कौन सा किला साथियों अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है ऑप्शन अचलगढ़ चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ या गागर तो प्यारे अभ्यर्थी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो घागरून का किला है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है याद रखना साथियों इसको ठीक है ना दोस्तों सातवा प्रश्न है निम्नांकित में से जो किला जल की श्रेणी में आता है वह है निम्नाकित में से जो किला जल की श्रेणी में आता है वह कौन सा किला है बताना है साथियों आपको स्वर्णगिरी आमेर सिवाना या गागर तो दोस्तों जल की श्रेणी में कौन सा किला आता है तो इसका सही तुर जाएगा ऑप्शन डी जो गागरन का दुर्ग है वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको आठवा प्रश्न है राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं राजस्थान के किस किले पर दोस्तों सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं तारागढ़ जो कि दोस्तों अजमेर में है आमेर चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़ में तो बताना है साथियों कि आपको किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं तो प्यारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तारागढ़ तारागढ़ जो कि दोस्तों अजमेर में स्थित है। दुर्ग पर सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं बात की जा दोस्तों तारागढ़ किले के बारे में तो तो दोस्तों अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित ढाई दिन के झोंपड़े के पीछे की दोस्त जो दोस्तों तारागढ़ पहाड़ी है उस पर यह किला 700 फीट की 700 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है दोस्तों और बात की जाए दोस्तों इसके निर्माता की तो दोस्तों ग्यारहवीं सदी में इसका निर्माण सम्राट अजय पाल चौहान अजय पाल चौहान ने साथियों इसका निर्माण करवाया था जो कि दोस्तों तुर्की और विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए बनवाया गया था ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको भी नया प्रश्न है राजस्थान का जलदुर्ग गागरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है जो दोस्तों राजस्थान का जल है गागरोन वह किन दो नदियों के संगम पर स्थित है कालीसिंध आहू कालीसिंध पार्वती काली, काली परवन या दोस्तों काली चंबल तो प्यार अभ्यर्थ्य तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन ए तो राजस्थान का जल काग्रोन है वह काली सिंध और आहू दो नदियों के संगम पर स्थित है ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको दसवां प्रश्न है नारगढ़ का पुराना नाम क्या है गढ़ किले का पुराना नाम क्या है ऑप्शन सुदर्शनगढ़ आमेरगढ़, विजयगढ़ या दोस्तों सवाईगढ़ तो बताना है साथियों आपको कि नारगढ़ का पुराना नाम क्या है जो दोस्तों नारगढ़ किला है उसका पुराना नाम सुदर्शनगढ़ था ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा नारगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ था जो दोस्तों नाहरगढ़ किला है वह जयपुर में स्थित है जयपुर जयपुर में दोस्तों नाहगढ़ कला स्थित है और दोस्तों इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने आमिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इसका निर्माण करवाया था ठीक है ना दोस्तों इनको भी याद रखना ग्यारहवा प्रश्न है फतेह प्रकाश महल कहाँ पर है फतेह प्रकाश महल साथियों कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मेहरानगढ़ दुर्ग में या सिवाना दुर्ग में या सिटी पैलेस उदयपुर में तो बताना है साथियों आपको कि जो फतेह प्रकाश महल है वो कहां पर स्थित है तो साथियों इसका सयतर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेह प्रकाश महल है जो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है ठीक है ना साथियों याद रखना इसको बारहवा प्रश्न है लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग का नाम ऐसा दुर्ग दोस्तों जिसका निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया था कौन सा दुर्ग है ऑप्शन चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग या दोस्तों गागरों का दुर्ग तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों साथियों यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है याद रखना इसको तो प्यारा प्यार तो इसका सही तौर है हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग जो लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है उसका नाम मेहरानगढ़ दुर्ग है ठीक है ना दोस्तों ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा तेरवा प्रश्न है लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है दोस्तों जो लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग है वह किस पहाड़ी पर बनाया गया था या दोस्तों किस पहाड़ी पर अवस्थित है नाकोड़ा पर्वत चिड़िया टूक पहाड़ी नाग पहाड़ी या सूफा पर्वत तो प्यारे प्यार जो इसका सही तरह वो हो जाएगा चिड़िया टूक पहाड़ी लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग साथियों चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको और दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वह राजस्थान के जोधपुर जोधपुर ज़िले में है याद रखना साथियों इसको चौदहवा प्रश्न है तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था तैमूर लंग ने साथियों जो भटनेर किला है उस पर आक्रमण कब किया था ऑप्शन दिसंबर तेरह सौ सत्तानवे नवम्बर तेरह दिसंबर 1305 या दिसंबर तेरह सौ तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों तो प्यारे प्यार भ्यू सही सत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नवंबर तेरह में, में तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण किया था बात की जा दोस्तों भटनेर किले के, के निर्माता की तो दोस्तों जो भटनेर किला है उसका निर्माण साथियों भूपत जैसलमेर के जो भाटी राजा थे भूपत सिंह भुपत सिंह इसका निर्माण भूपत सिंह ने करवाया था दोस्तों कहा जाता है कि गजनी के सुल्तान से युद्ध में हारने के बाद जब राजा भूपत सिंह गगर नदी के जंगलों में जाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया था तो दोस्तों वहां पर उन्होंने सुरक्षित महल का निर्माण कराया जिसे भटनेर का किला नाम दिया गया ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको दोस्तों आपका पंद्रमा और आखिरी प्रश्न है हाडोती अचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह के नाम पर शेरगढ़ पड़ा हाड़ोती अचल का वह दुर्ग जिसका नाम साथियों शेरशाह सा सूर्य के नाम पर शेरगढ़ पड़ा कौन सा है ऑप्शन कोशवर्धन दुर्ग गागर दुर्ग तारागढ़ या जयगढ़ दुर्ग तो प्यारे भारतीय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कौशवर्धन दुर्ग है वह शेरशाह शुरू के नाम पर शेरगढ़ नाम पड़ा ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको तो प्यारे भारतीय आज का वीडियो बस यहीं तक यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेलाइकन को भी दबा लें जिससे कि दोस्तों जब भी हम कोई वीडियो छोड़ें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले ठीक है ना दोस्तों तो मिलते हैं ऐसी एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद